हम सबका बिहेवियर डिसाइड होता है हमारी से, हमारे जीवन के एक्सपीरियंस से रोजमर्रा में घटित होने वाली घटनाओं से और ये सब की अलग अलग होती है लेकिन हम में से अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि सामने वाला भी दुनिया को हमारे नजरिए से देखे और जब ऐसा होता नहीं है या फिर सामने वाला हमारे मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो वो हमको उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि हमने शायद उससे उम्मीद की थी तो उन्हीं पर ये कुछ चार लाइनें हैं क्यों हर एक सोच को तराजू में रखते हो क्यों हर एक सोच को तराजू में रखते हो हर शख्सियत को एक नज़र में रखते हो सब में तुम ढूंढते हो खुद को सब में तुम ढूंढते हो खुद को जब नहीं पाते उनमें खुद को तो उन्हें खुद से कमतर समझते हो हेलो अगर आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही और भी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए इट इंस्पायर्स मी टू मेक मोर वीडियोस एंड इंस्पायर्स मी टू राइट मोर थैंक यू